तो गुड मॉर्निंग गाइड्स कैसे हैं आप सभी लोग वेलकम बैक टू नाइड्स आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं ऑस्टियन से राइवल क्या है कि वहां पर जो बक्से दिखते हैं वो बक्से हमें उसमें कुछ ना कुछ तो सामान मिलता है उस सामान से हम कुछ ना कुछ अपडेट वो कुछ ना कुछ तो बिल्ड करते ये क्राफ्टिंग करके बिल्ड करना ये हम फिश पकड़ना ये सब आता है उसको हम ये रैक पकड़ना उससे हम रस्सी बनाना और जो ये हमारी नाव है उसको हम बड़ा जहाज बनाते और इसमें रहने लगते तो हम ऐसे ही करते तो सही हमने जो पहले वाला गेम खेला था उसमें तो सही चल रहा था और इसी वाले जैसे मैंने गेम चालू किया तो उसमें थोड़ी देर तो चला उसमें बाद ये जो शार्प आता उसने हमारे जो ये जो बनाया था नया जो पानी पीने वाला जो सॉल्ट वाटर होता है गंदा पानी वो हम फिल्टर करके पानी पीते गर्म करके उसके उसने ये ऐसा तोड़ दिया था उसके कारण से हमें दूसरा नया बनाना पड़ा और अभी हमने वो जो फिश को पकाने वाला वो हमने बनाया तो हम पहले बिना देरी के गेम पर फोकस करते हैं ट्राइड गाइड्स हमारे इन्वेंटरी में सामान बहुत कम है हमें सबसे ज़्यादा पहले तो सामान इकट्ठा करना होगा और जितना सामान आएगा उससे हम इन्वेंटरी करेंगे और इन्वेंटरी से हम क्राफ्टिंग करेंगे क्राफ्टिंग से हम अपना जो शीप है उसको बिल्ड करेंगे थोड़ी थोड़ी देर में हम अपनी हेल्थ भी फुल करते रहेंगे इसके लिए हमें पानी की ज़रूरत उसको वापस फिल्टर ऑयल बिल्ड करना पड़ेगा सब करना पड़ेगा इसलिए हमें इन्वेटर की फुल ज़रूरत है कलब सामान इकट्ठा करेंगे फिर कब चार पाया जाए और कब ये हेल्थ मीटिंग कुछ पता नहीं है ऑल राइट गाइड हमें ये रैक भी मिल चुका और हमें वाटर परचियर की ज़रूरत है और वाटर परचियर के लिए हमें प्लैंक हमारे पास मौजूद है और हमारे पास जग नहीं है उसके लिए हमें क्राफ्ट करने की ज़रूरत है क्रैप्स की और हमारे पास रोप नहीं है इसके लिए हमें रैप की ज़रूरत है रैग रैग को हमने क्राफ्ट कर लिया और ये जग को भी हमने ये क्रैप्स से इसक्रैप से मैंने क्राफ्ट कर लिया और ये वाटर पर चेर हमारे तैयार हो चुका है और इसको बिल्ड करने के लिए हमें कहाँ पर इसको रखना चाहिए तो गाइड्स जल्दी से कमेंट करें हमें मुझे लगता है इधर से हमें इधर ही रखना चाहिए इसको हाँ ये हमने सही रखा गाइड्स कमेंट करना हमने ये सही रखा या गलत रखा बताना तो गाइड्स वॉल तो नहीं लगाएँगे वरना वॉल लगाएँगे तो हम जाएँगे कहाँ से विंडो बस एक विंडो ये मौजूद है हमारे पास वॉल पूरी मतलब विंडो भी नहीं है इसके लिए मैं ये रेल भी है दूर भी उसके लिए नेल्स कम पड़ रहे काट से हमें बहुत प्यास लगी हमें पानी पीना चाहिए तो हमें पहले तो जग हाथ में लेना उसको हम पानी भरेंगे सॉल्ट वाटर डाल दिया और उसको हम गर्म करेंगे और इसको फिल्ट फिल्ट करेंगे और ये पानी अच्छा हो जाएगा ये एक मिनट में हो जाएगा हाँ डेढ़ सेकेंड डेढ़ मिनट में ये पानी फिल्टर हो जाएगा हम इसको अच्छे से पी पी पाएंगे वो ड्रिंक कर पाएंगे तो इन्वेंटरी में हमारे पास क्या क्या अभी तो अभी तो हमारे पास इस जग को और भी क्राफ्ट कर लेते एक दो और जग भी बन, बना लेते स्क्रैप से हाँ दो जग और भी बन गए गाइड्स और इस बॉक्स को हम खींचते हैं इसके अंदर क्या क्या मिला स्क्रैप प्लस थ्री और रैग प्लस दो प्रैंक मिले अच्छा प्लैंक प्लैंक थी सॉरी और हम अंदर घुस गए हमको बाहर आना चाहिए वरना ऑक्सीजन की मात्रा हमारे पास नहीं है गाइड्स पानी फिल्टर के ले लगाना चाहिए वरना ये एक का बाद एक मिलता ही रहेगा बार बार हमें ये टाइम टाइम तो नहीं निकालना पड़ेगा इसके लिए भी तो हम गाइड्स फिश भी पकड़ेंगे बहुत कुछ इस गेम में करेंगे अभी तो ये रैंक मिला इसकी बहुत ज़रूरत होती है ये टाइम पर मिलता नहीं है और इसे तो ये अलतू फलतू घूमता रहता है प्रैंक इधर आ हाँ प्लैंक मिला एक प्लैंक एक प्लैंक ये रहा है इसको लेते हम वो वो शार्प आ रहा है उससे बचना पड़ेगा वरना ये हमारे झोपड़ी को वापस से तोड़ देगा जैसे पहले की तरह तोड़ के गया था उसी तरह इस बार भी बिल्ड किया वो तोड़ के नहीं जाए वरना तो हमें इसके लिए हथियार बनाना चाहिए ना गट्स वेपन हाँ क्योंकि ये हमारे इसको तोड़ सकता था हम भी उसको मार सकते हैं ना वेपन तो होगा उसका भी हम उसका वेपन बनाते गाइड्स उसके लिए हमें इस्पीयर ही इसको कहते हैं इस्पीर हमें ये प्लैंक है हमारे पास और स्क्रैप भी है तो तीन तीन वेपन बना लिए इसके लिए हमने तीन तीन वेपन बन गए ये दो पानी के लिए और ये वुड के लिए तो बहुत अच्छा चलो ये भी बन गए वेपन्स और हमें इसको पकड़ना चाहिए पहले तो ये नहीं आया हाथ में इसको एक बार वापस तो वो चार पा बहुत दूर है दुश्मन हमारा सामने से बहुत दूर है अभी तो अभी तो मैं उसके अब मैं उसके लिए तो वेपन तो तैयार कर लिया मैं और आगे क्या करना चाहिए इसको बिल्ड करते हैं मगर ये तोड़ भी सकता है इसका कोई भरोसा नहीं गाइड्स और जिस बॉक्स को हम लेते एक बार तो दो सेकेंड इस बॉक्स को पकड़ते क्या कर रहा है भाई इसको निकाल स्क्रैप कर इसको और इसको हाँ इसको किच और इसको स्टोन प्लस स्क्रैप मिला क्या कुछ नहीं और गाइड हमें पानी पी लेना चाहिए क्योंकि हमारे रेडी हो चुका होगा रेडी हो गया पानी और इसके लिए तीस सेकेंड है इसको हम ड्रिंक करते हैं देखो ये ड्रिंकल वाटर इसको ऐसे पीते हैं, अगर हम डायरेक्ट पानी पीते ना हमारे लिए तबीयत बिगड़ सकती है और हमारी हेल्थ बहुत कर, कम हो सकती थी और हमने ये ड्रिंकल साफ़ करके पानी पिया इसलिए हमारे ये बहुत सेफ रहा हमारे लिए तो गाइड्स हम इस बॉक्स को भी देखते हैं कॉल प्लेंक राो पोटेटो और इसके अंदर क्या हम के बाद एक मिल रही है कप के तो मिल ही नहीं रहते प्लैंक और इसके अंदर क्या स्क्रैप स्टोन प्लैक स्पीड ये ये पकड़ा नहीं जा रहा इसको हम पकड़ के लेंगे हाँ ये पकड़ा गया तो क्या इसके अंदर सोयल रोटेटो सोय मिट्टी भी आती है इसके अंदर क्या पता जी भी साब है भाई इसका भी और इसको इस्क्रैप और इसके अंदर क्या है हाँ रेडी ये पानी भी खत्म हो इसका एक मिनट है इसको भी हम ड्रिंक कर लेते हैं हमारा एनर्जी आगे बढ़ेगा इसके अंदर के पानी ये जो सॉल्ट वाटर है इसको भरते हमने ये सॉल्ट वाटर हमारी ये जो एनर्जी वो हो ख़त्म होने वाली है तो हमें ये पहले तो फ़िश पकड़ने होगी इसके लिए हमें फ़िश पकड़नी होगी पहले इसको हम पानी हाँ ये हमने वेटिंग पे डाल दी और ये भी इसके बाद ये गर्म हो जाएगा तो वो भी गर्म हो जाएगा उसके बाद तो हाँ इसको हम ड्रिंक करते ये वाटर तो साफ हो गया है हमने ड्रिंक कर लिया गया तो हमें फिश पकड़नी चाहिए क्योंकि हमारे पास ये एनर्जी बहुत कम है डे टेन हो चुका है इसके लिए हमें फिशिंग रोड बनानी होगी फिशिंग रोड हमें फिशिंग रोड कहाँ मिलेगी उसके अंदर इन्वेंटरी के अंदर नहीं उसके अंदर जाना चाहिए हमें लेते ये रैग की हमें बहुत सपोर्ट करती है यह रैग मिल गया और वो वो भी रैग है उसको भी लेते क्या नहीं हमें फ़िशिंग रोड बनानी चाहिए हमें इन्वर्टर के अंदर जाते हैं और ये रही रोड उस अरे कहाँ जा रहा है भाई ये रहा फिशिंग रोड उसके ऊपर जा फिशिंग रोड उसके लिए हमारे एक रैप हाँ रॉप रॉप के लिए एक रैप कम पटरी है और हमारे लिए एक फ़िशिंग रोड आ चुकी है ये फिशिंग रोड ये आ गई अब हम फिशिंग रोड फिश फिशिंग करेंगे राह पोटैटो इसको नहीं खा इसको खाएंगे अगर हमारे हेल्थ तो को बहुत कम होगी ईट ईट तो कर लेते थोड़ी बहुत तो एनर्जी है कम हो रहा है इससे तो इसको स्प्लेट करना ही ठीक रहेगा तो गैर से हमें फ़िशिंग रोड निकालनी चाहिए अभी तो ये एक बार इसको स्प्लेट कर लेते हाँ ये निकाली हमने फिशिंग रोड इसको हम डालते हैं कहाँ पर कहाँ पर मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है जल्दी से बाहर आ जा भाई जल्दी आ और गाइड्स कबाई की वो आ गई आ गई आ गई इस गेम में गाइड्स हमने पहली बार फिश पकड़ी है वो भी कितना मज़ा आ रहा होगा ना फिश पकड़ते हुए गाइड्स मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी कभी फिश नहीं पकड़ी तो गेम में ऐसे तो चलता रहता क्या तो गाइड्स हमें इसका और ये ड्रिंकेबल वाटर का कर... तो फिल्टर ही इसको हम ड्रिंक कर लेते हमने ड्रिंक हाँ ये इसको भी हमने ड्रिंक कर लिया और गाइड्स हमें इस फिश के लिए हमें यह खाने के लिए हमें कुछ व्यवस्था करनी चाहिए अब हमें कुकिंग पोटैटो ओके ये वन मिनट और ये वेटिंग पर है फिश वेटिंग पर है और ये मसाला वाला के लिए मसाला वाला उसके लिए ब्रेड कंपर्डरी है उसके लिए नहीं होगा ये तो गाइड्स ये मीट वेटिंग पर है उसको तो होने दे फिर हम खाते हैं गाइड्स उसको बाद में रेडी ओके हमने इसको भी ड्रिंक कर लेते गाइड्स हमारी भी हेल्थ हो चुकी है पहले कैसे थे अब थोड़ी हेल्थ बहुत फुल हो चुकी है बस ये खाना वगैरह फूड में कमी दिख रो गाइड्स शाप ने अटैक कर दिया गाइड्स ये मर भी नहीं रहा इसको मार मार भाई इसको मार अरे यार पूरा पूरी पा, पूरी मेहनत पानी में गिरा दी इसने पूरी मेहनत पानी में गिरा दी गाइड्स पूरी मेहनत जितना हमने खाना खाया पानी पिया सब बिल्ड किया ये बनाया वो बनाया सारा मेहनत उसने शार्पने पानी में मिला दिया सब उसने वो खा गया बॉल लगाई थी जालियाँ लगाई थी काफ़ी सारा सामान इकट्ठा करके खाना लिया था ये किया था फिश फिश शामिल की थी जग बनाया पानी उसका मैंने पिया फिल्टर करके पिया उसका सब मैंने किया और सारा मेहनत उस उस चार पे सारी मेहनत पानी में मिला दी गाइड्स अब गाइड्स हमें क्या करना है और हमें अब इसको गेम को आगे बढ़ाना चाहिए नहीं बस आज के दिन इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ आप साथ में बे प्रेस कीजिए जिसके रिलेटिव आपको वीडियो मिलती रहेगी और हाँ आपके फ्रेंड के साथ शायद जॉय कीजिएगा और आपका फेवरेट पार्ट कमेन कीजिएगा और गाइड्स ये गेम में आगे खेलना चाहिए या नहीं कमेंट में ज़रूर बताना सारी मेहनत इस शार में मिटा दी तो गाइड्स हमें आगे इसको बिल्ड करना चाहिए तो मिलते गाइड्स अगली वीडियो में थैंक यू